दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप अपनी वीडियोस में मैंने जो अपनी वीडियोस में टैग्स डाले हैं वो किस तरीके से डाले हैं और आप देखेंगे मेरी वीडियो यूट्यूब पर सर्च करके तो वो आपको भी पता चल जाएगा कि आखिर जो मेरे कीवर्ड हैं मेरे टैग हैं वो आखिर कितनी तेजी से यहां पर रैंक कर रहे हैं जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं इस वीडियो को और आप इन इन टैगों से सर्च करके देखेंगे तो आपको यहां पर देखने को मिल जाती है पहले नंबर दूसरे नंबर तो आपको यहां पर इस तरीके से जो टैक्स डालने होते हैं टैक्स किस तरीके से डालने होते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा इसी के साथ में मैं चलिए आपको और भी यहाँ पर वीडियो सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ कि जो हमारी वीडियो है और उसमें हम टैग्स डालते हैं तो आखिर में किस तरीके के डालना चाहिए ये सारी की सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ठीक है फिलहाल तो मैं आपको एक प्रूफ के तौर पर कुछ वीडियोस हैं इनके मैं आपको टैग्स दिखा देता हूं किस तरीके से रन कर रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हैं चलिए मैं और भी आपको वीडियोज़ के दिखा देता हूँ इसके बाद में हम डिटेल्स पर ओके करते हैं डिटेल्स पर ओके करने के बाद हम आ जाते हैं नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं ये हमारी वीडियोस के टैग हैं आप देख सकते हैं कितनी तेजी से ये रन कर रहा है और आप देख पा रहे हैं कि अगर रिफ्रेश शॉर्टकट की ठीक है इस की को कोई भी सर्च करेगा तो ये वीडियो पहले नंबर पर आ जाएगी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पहले दूसरे और पाँच ये एक कीवर्ड देखने को मिल रहा है जो कि 10 नंबर पर है ठीक है यानी कि अगर 10 नंबर पर कोई इस की के लिए सर्च करता है तो दसवें नंबर पर ही मेरी वीडियो पहुंचेगी तो इस तरीके के की डालने के लिए आपको कौन सी ट्रिक का यूज करना है आज की वीडियो से मैं आपको बताऊंगा इसी के साथ में ये तरीका वर्क भी करता है पूरा हंड्रेड ठीक है सबसे पहले आपको क्या करना है आपको अपनी वीडियो गूगल सर्च में भेजना है अब भेजने के लिए आपको क्या करना होगा जिस टॉपिक्स से रिलेटेड आपकी वीडियो है ठीक है उसी टॉपिक्स से रिलेटेड आपको यहाँ पर सर्च करना है इस तरीके से ठीक है जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दी है फ्री अर्निंग ऐप ठीक है अब ये कीवर्ड्स आपको देखने को मिल है ये चार कीवर्ड्स, ठीक है तो इन कीवर्ड्स को आपको अपनी वीडियोज में डाल देना है टैक्स के तौर पर इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं अगर आप यूट्यूब पर जाते हैं और यूट्यूब पर कोई भी टॉपिक सर्च करते हैं ठीक है यहाँ पर और आपके सामने नीचे में जो कुछ कीवर्ड्स होते हैं वो आ जाते हैं तो वहाँ से आपको तीन से चार कीवर्ड्स ले लेना है कीवर्ड हो जाते हैं हमारे आर्ट इसी के साथ में आपको चार कीवर्ड्स कुछ ऐसे डालने होते हैं आपको अपने खुद दिमाग से माइंड से कि आखिर किस किस तरीके से लोग हमारी वीडियो को सर्च कर सकते हैं क्योंकि ये की इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं अपने माइंड से डालना कि समय समय के अनुसार लोग सर्च करते हैं और वो उसी चीज़ से रिलेटेड सर्च करते हैं और उनका आपको तरीका भी पता होगा कि आखिर लोग किस तरीके से सर्च करते हैं तो ये कीवर्ड्स इसलिए अपने अनुसार डाले जाते हैं तो ये आपके की हो जाते हैं 12, 12 से आप 15 कीवर्ड्स कर दीजिएगा आपके 10 से 15 कीवर्ड रहते हैं तो बहुत ही अच्छे रहते हैं वरना आप बेभालतू के कीवर्ड्स डाल देते हैं अपनी वीडियोस में तो जो आपकी वीडियो है वो भी रैंक नहीं कर पाती है तो ये काफी अच्छा तरीका है अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर ना है चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं मिलते हैं नक्स वीडियो में